तुझे तुझसे तोड़ तोड़ूँ कहीं खुद से जोड़ लो मेरे जिसमा तेरी खुशबू जो विशा से मैं भरूं उसे तेरे संग भरूं चाहे जो हो रास्ता उस तेरे संग चलो